हाय फ्रेंड्स फिर आज आपके सामने पी से शेफी अलीगढ़ के गांधी पार्क की वीडियो लेके आया आऊँ सो मेरी वीडियो को पूरा देखें और गांधी पार्क के अंदर क्या क्या चीज़ें जैसी कुछ है वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा सो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेलाइकन ज़रूर